था और अपने दोस्तों में हमेशा दोस्त तो बढ़िया स्टाइलिश कपड़े पहना करते थे बट मेरे नाप के कोई कपड़े मिलते ही नहीं थे मार्केट के जिन शॉप पर हम जाते थे तो वहां हमें कमेंट मिल जाता था कि बेटा तुम तो जितने लंबे हो उतने ही चौड़े हो तो तुम्हारा साइज मिलना बड़ा मुश्किल है तो इस तरीके के कमेंट के साथ बचपन निकला जवानी जवाई, यंग एज जवाई, तो हम सब जानते हैं अपने करियर में और अपने लाइफ में प्रोग्रेस लेने के लिए हम इतने आगे बढ़ जाते हैं या इतना मशगूल हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को तो हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं हेल्थ हमारे लिए कभी प्रायोरिटी नहीं होती सो द सेम वाज विथ मी मेरे लिए हेल्थ कोई प्रायोरिटी नहीं रखती थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा वेट एट्टी हो गया एट्टी हो गया या मुझे बीपी आने लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे वेल विशर जो थे उन्होंने सलाह दे दी थी जाओ भैया तुम्हारा टाइम आ चुका है के पास जाओ, एक लो, और को लेना शुरू कर दो मैंने भी दिमाग में सेट कर लिया था मेडिसिन ही तो लेना है क्या फर्क पड़ता है मेडिसिन लेना शुरू कर दिया बट बीपी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही थी बॉडी पे स्वेलिंग आना शुरू हुई हम सब जानते हैं मोटापा जब शरीर में आता है तो ये सब तो लेकर ही आता है ब्याज में तो आ गया था ये सब कुछ ब्याज में मेरे शरीर में और बैक पेन कॉन्स्टिपेशन बॉडी स्वयलिंग और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट हो चुकी थी एंड इट वाज सीरियसली द बिग रेड अलार्म फॉर मी मेरे लिए एक सिग्नल था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बॉडी में बट मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि मेरे पास एक डायलॉग हुआ करता था बहुत पैट जो हम सबके पास होता है पता है क्या मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है हम कुछ ऐसा ही डायलॉग मार देते राइट right. तो यही कुछ मेरा था बट आई वॉज पॉइंट लकी मुझे टाइम रहते मुझे समय रहते जब तक कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होता इससे पहले मुझे इस हेल्थ केयर कम्युनिटी की जानकारी मिली मैं यहाँ आया जब मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन देखे बड़े सारे गजब रिजल्ट देखे तो मैंने एक बार सोचा कि चलो लेट्स ट्राई एक कोशिश तो करनी चाहिए क्योंकि इससे पहले कोशिश तो मैंने बहुत सारी की बट कभी सफलता नहीं मिली मैंने जब कोशिश की तो दोस्तों यू वॉन्ट बिलीव विद इन फोर्टी डेज मैंने शुरुआती पैंतालीस दिनों में मेरा 12 किलो वजन चला गया और 12 किलो वजन जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य में, में रहते हुए मैंने कुल मिला के अपना अट्ठारह किलो वजन कम किया और जब ये अट्ठारह किलो वजन शरीर से गया तो कुछ अलग ही कायाकल्प हुआ कुछ अलग ही नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक नया जन्म हुआ कह सकते हैं जिसमें ना कोई बीपी था ना कोई बैक पेन था ना कॉन्स्टिपेशन था ना बॉडी पे कोई तो इस पूरी नई जिंदगी का या इस प्लेटफॉर्म को, बहुत बहुत को जाके हमें इतनी अच्छी जागरूकता मिली इतनी अच्छी अवेयरनेस मिलती है और रोज मिलती है सीरियसली वंडरफुल पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड देन उससे पहले थैंक्स हम ईश्वर को जरूर देंगे क्योंकि ईश्वर नहीं हमें प्रेरणा दी या, आने की और अपने आप को करने की राइट सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन दिस वाज माय शॉर्ट एक्सपीरियंस विद दिस फैमिली माय ट्रांसफॉर्मेशन विद माय एक्सपीरियंस नाउ टाइम टू प्रोसीड आगे बढ़ने का समय आ चुका है तो आई होप आप सभी लोग अपने अपने एफरेस के साथ रेडी होंगे एफरेस तो रेडी है बट स्माइल में कंजूसी है मत